हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फैक्ट मन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको आंखों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने वाले हैं जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है तो दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं दोस्तों आपको बता दें कि एक इंसान एक दिन में लगभग चौदह हज़ार बार पल के झपकाता है जिस वजह से वो इंसान जागने के दौरान भी 30 मिनट तक अंधेरे में रहता है मतलब कि 24 घंटे में से 30 मिनट हमारी आँखों की लाइट ऑफ रहती है हमारे पलकों के कारण और आपको बता दें कि हमारे पल के हर पाँच महीने में बदलकर नहीं आ जाती है और हमारी आँखों के ऊपर का यानी आईब्रो हर चौंसठ दिन में बदलकर नहीं आ जाती है दोस्तों आपको बता दें कि हमारे आँखों का वजन सात ग्राम तक का होता है और हमारी आईबॉल का साइज पैदा होने से लेकर मरने तक सेम साइज कराता है कोई भी इंसान बिना अपनी आंख बंद किए वो छीख नहीं सकता दोस्तों आप लोग एक बार जरूर ट्राई करिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोग से हुआ या नहीं दोस्तों जो लोग अंधे होते हैं वो कभी सपना देख नहीं पाते और वहीं एक इंसान अपने पूरे जीवन काल में दो करोड़ चालीस लाख से भी ज़्यादा इमेज देखता है और आपको बता दें कि पूरे जीवन काल में एक इंसान जो भी सीखता है उसका अस्सी हिस्सा आँखों के जरिए होता है सामान्य तौर पर दिमाग का आधा से ज़्यादा हिस्सा आँखों को कंट्रोल करने में व्यस्त रहता है इसी कारण से दिमाग के बाद आँखें शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होती है दोस्तों आपको बता दें कि हमारी आँखें पाँच मेगापिक्सल की होती हैं और कोई भी इंसान को फोकस करने के लिए सिर्फ दो मिलीसेकंड का समय लगता है और एक सामान्य मनुष्य की आँखें एक करोड़ रंगों को पहचान सकती है लेकिन दोस्तों आपको ये भी बता दें कि हमारी आँखें केवल तीन रंग ही देख पाती हैं लाल हरा और नीला बाकी सारे रंग इन तीन रंगों से मिलकर ही बनते हैं और एक आँख से 150 डिग्री और दोनों आँखों से 180 डिग्री तक देखा जा सकता है हमारी आँखें में 10 करोड़ 70 लाख को होती है और आँखों में लगी मामूली चोट 48 घंटे के अंदर ठीक हो जाती है हमारी आँखों में कॉर्निया एक ऐसा टिश्यू है जिसमें खून नहीं बहता कॉर्निया ऑक्सीजन हमारे आँखों के बाहर से लेती है दोस्तों खुशी का पहला आंसू दाहिनी आंखों से और दुखी का पहला आंसू बाई आंखों से निकलता है तो दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको तो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा अगर आप हमारे फैक्ट वन चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद जय भारत